हेलो एवरीवन आज मैं अपने वादे के मुताबिक बोर्ड पर पहुंच गई हूं तो चलते हैं सीधे हम अपने टॉपिक पे पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि हमने अपने पिछले वीडियो में क्या बताया कितना कुछ आया किस प्रकार हमें पढ़ना है हालांकि आप लोग धुरंधर धुरंधर हो और इसमें लगे हुए हो मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ और बिहार के स्टूडेंट का इंग्लिस थोड़ा सा होता है सबका नहीं होता है लेकिन कि इंग्लिश से थोड़ा वो भागते हैं और अगर उनका लैंग्वेज इंग्लिश है तो उनके भी उनको भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है हमारा जो वीडियो होता है स्पेशली पेपर टू सी के लिए सी टेड यू पी टेड जो भी हो टीचरबिलिटी टेस्ट टेस्ट के लिए एस के लिए होता है और इस बार मैंने ये तय किया है कि एस एस हो जाने के बाद मैं और अन्य सब्जेक्ट पर फोकस करूँगी देखती हूँ हमारा समय कितना हमारे पास बचता भी तो मैंने समय से पहले ही शुरू कर दिया है तो गैस थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि हमें कितना कुछ पढ़ना होता है जिस प्रकार की हम जानते हैं कि हमें पाँच एक सौ पचास नंबर का कुल एग्ज़ाम देना होता है जिसमें कि मेरा तीस नंबर का सबसे पहले हमें बाल विकास पूछा जाता है फिर हमारा होता है साठ नंबर का एस होता है और फिर हमारा 30 नंबर का लैंग्वेज वन होता है जिनका लैंग्वेज वन हिंदी है वो हिंदी में दें और चूँकि अगर आप बिहार से हैं तो आपका लैंग्वेज वन हिंदी ही होगा और जिनका हिंदी नहीं इंग्लिश है वो इंग्लिश का जवाब दें फिर 30 नंबर हमारा जो है लैंग्वेज टू जिनका इंग्लिश है, है। लैंग्वेज टू वो इंग्लिस का दें जिनका हिंदी है ऐसे इसको तो आप लोगों को ये पता ही होगा इसमें ज़्यादा नहीं देखना है आपको करना क्या है हम सबसे पहले मेन फोकस करेंगे इस साठ नंबर एस को आप देख रहे हैं यहाँ पे बेस्ट ऑन एनसीईआरटी है एसएसटी है सामाजिक अध्ययन है हम इसको ही पहले हम साठ नंबर को ही फोकस करेंगे साठ नंबर पर हम इसको आते हैं इसको तोड़ते हैं साठ नंबर को ये हमारा साठ नंबर है साठ नंबर में हमें पूरा जो है इसमें क्या होता है कि हम इसको मान के चलते हैं। हमने अपने पिछले कई वीडियो में कहा है चालीस से पैंतालीस क्वेश्चन हमें एस से पूछा जाता है लेकिन इस दोनों के बीच का एवरेज निकाल के मैंने इसको किया है 42 लगभग 42 क्वेश्चन हमारा जो है एसएसटी एसएसटी क्या है तो ये जो एसएसटी आप देख रहे हैं इसके अंतर्गत एस से हमें ये ब्या नंबर पूछा जाता है अब इस साठ में हम बयालीस को माइनस कर देते हैं हमारे पास जो ये 18 नंबर बचता है ये भी हमारा सामाजिक अध्ययन का ही होता है लेकिन ये सामाजिक अध्ययन में हमें पेडागोजी का पढ़ना होता है तो हमें इस बयालीस नंबर के लिए जो है एसएसटी पर फोकस करना है हमें इस सामाजिक अध्ययन पर इस साठ नंबर के लिए जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना है आप आंसर सीट जो आपको मिलता है उसमें आप नेम रोल नंबर सब कुछ भर के आराम से उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए उसको भर के फिर अगर आप अपने पास कोई ऐसा बैग लेके जाते हैं जिसमें एडमिट कार्ड वगैरह ले जाते हैं उसके अंदर उस आंसर सीट को दबाकर रख दें आंसर सीट पर फिर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है पूरी तरह सही भरने के बाद आपको जो है क्वेश्चन पेपर लेना क्वेश्चन पेपर लेने के बाद सबसे पहले आपका आएगा 30 नंबर का बाल विकास आपको वो छोड़ देना है स्किप कर देना है उसको देखना ही नहीं है उसके बाद आपका साठ नंबर का आएगा आपका ये एस फिर तीस नंबर का आपका लैंग्वेज वन है तीस नंबर का लैंग्वेज टू है सबसे पहले आपको एस ही देखना है एस का आप आराम से आंसर दीजिए आंसर में आपको क्या करना है आंसर सीट से आपको कोई मतलब नहीं क्वेश्चन में आप टिक करते जाइए कौन कौन सही है ध्यान से फोकस दे करके जब साठ नंबर आपका कंप्लीट होता है दूसरे नंबर पर आप अपना इजी लैंग्वेज हिंदी कंप्लीट करें तीसरे नंबर पर आप इंग्लिश को कंप्लीट करें सबसे लास्ट में आप बाल विकास का आंसर दें क्योंकि बाल विकास का एक आ, ऐसा सब्जेक्ट है उससे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको हर क्वेश्चन को पढ़ के लगेगा कि इसका आंसर आपको पता है वो बिल्कुल कैंडिडेट को फंसाता है इसलिए बाल विकास को आखिरी ऑप्शन पे रखें छोड़ना किसी को भी नहीं है उसको पढ़ना है और जहाँ तक संभव हो फिर उसका आप आंसर दें और फिर जब आप आंसर जब ये आपका पूरा कम्प्लीट हो जाए और इसमें आपको डेढ़ से दो घंटा या डेढ़ घंटा आप जितना फास्ट कर सकते हैं लग, लगेगा आप बिल्कुल सामने घड़ी टंगी होगी आप बिल्कुल आपको नहीं हड़बड़ाना है आराम से सारे क्वेश्चन का आंसर टिक करके सही सेलेक्ट करके रख देना है तब जाके आपको आंसर सीट निकालना है आंसर सीट भी भरने का ये ट्रिक है कि आप देखें पहले का आंसर अगर वन है तो लाइन बाय मान लीजिए इस प्रकार आपका आंसर सीट होता है और इस प्रकार आपके पास ये बिंदु होता है ए है कि बी है पाला का क्या है ये ये आता है बी आता है सी आता है और ये डी आता है इस प्रकार से दूसरे का क्या है इस प्रकार आता है तीसरे का क्या है तो आपको क्या करना है इसमें मान लीजिए पहला का हमारा बी आया इसमें एक डॉट देकर छोड़ दें दूसरे का हमारा सी आया है एक डॉट देकर छोड़ दें तीसरे का हमारा ए आया है एक डॉट देकर छोड़ दें इस प्रकार आप टोटल डेढ़ सौ क्वेश्चन का आंसर इसी प्रकार डॉट देकर छोड़ दें आराम से बिल्कुल गलत नहीं करना है इसमें आपको डॉट भी एकदम सोच समझ के देना है डॉट जब आपने दे दिया तो पहले आपने आंसर सीट को हटा दिया था अब आप क्वेश्चन पेपर को शाइड में रख दें या फिर अपने क्वेश्चन पेपर पर आंसर सीट को रख कर, फिर इस सारे डॉट वाले को बिल्कुल आराम से ऐसे बॉल पॉइंट पेन से इसको इस प्रकार भर लें तो ये है आपके एग्जामिनेशन का मैंने छोटा सा ट्रिक दिया पता नहीं आपको ये कितना यूजफुल आपको लगा होगा आपके लिए कितना यूजफुल रहा होगा ये तो आप बताएँगे आपको ये करना है हम अभी फोकस करते हैं अपने साठ नंबर ये जो हमारा साठ नंबर एस होता है इसमें आप जानते हैं लेकिन मैं फिर भी जब तक मैं इस तरह नहीं बताऊँगी मुझे खुद संतुष्टि नहीं मिलेगी इसमें हमें क्या करना है ये हो गया आपका ज्योग्राफी तीन सब्जेक्ट जिस तरह के आप जानते हैं एस एस टी में आता है ये हो गया आपका ज्योग्राफी ये हो गया आपका हिस्ट्री और ये हो गया आपका सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन इस तीनों को हमें पढ़ना है एस एस टी के अंतर्गत अब ये जो ज्योग्राफी आप देख रहे हैं ये ये जो तीनों बुक है आपको सिक्स टू एट का लेना है तीन बुक इसमें सिक्स का सेवन का और एट का तीन बुक इसमें लेना है आपको सिक्स का सेवन का और एट का लेकिन इसमें जो है आपको चार बुक होता है सिक्स का एक होता है सेवन का एक होता है एट में हमें दो बुक होता है टोटल हमें दस दस बुक टोटल आपके पास होना चाहिए ये दस बुक जो है आपके पास होना ही चाहिए और एक डायरी रफ़ के लिए मेरे वीडियो को देखकर आप अपना पहले रफ़ कॉपी तैयार करें उसके बाद आप उसको फेयर में आप जितना मेहनत करेंगे उतना आपको सफलता मिलेगी ये तो निर्भर आपके मेहनत पे करता है और एक पेन तो होगा ही पेन नहीं होगा तो आप लिखोगे कैसे तो अब हम ये जिस प्रकार के आप ये देख रहे हैं ये सिक्स का बुक है सिक्स का जोग्राफी का ये बुक है आप जिस प्रकार देख रहे हैं इसी तरह का आपको सिक्स टू एट का आपके पास एन का बुक होना ही चाहिए तब फिर आपको मेरा आ, मेरा जो है ये पढ़ाने का जो आप मेरे वीडियो से जो पढ़ेंगे तब आपको पूरी तरह समझ में आएगा जो मैं पढ़ाऊँगी जिस एक्सरसाइज को वो आपको अपने सामने खोल के बैठना है कि आपको किस प्रकार पढ़ना है क्या पढ़ना है मैं जो बोलूँगी उसको अंडरलाइन करना है समझना है और ये जो है सिक्स टू एट का जो आप देख रहे हैं सामाजिक अध्ययन इसी से हमारा जी तैयार होता है आप किसी भी एग्ज़ाम में आपसे जो जी पूछा जाता है इसी से निकला हुआ क्वेश्चन है जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आप देखेंगे कि किस प्रकार जीके से जीके में जो क्वेश्चन होता है इससे किस प्रकार निकलता है तो हमने समय के पहले ही शुरू कर दिया तो है इसको आप लाइटली बिल्कुल भी ना लें और कोई भी एग्ज़ाम हो सी टी किसी भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं बस उसका आपके पास क्वेश्चन बैंक होना चाहिए कि किस प्रकार का हमें क्वेश्चन पूछा जाता है अभी जो हम देखेंगे अब हम ये देखेंगे कि जैसे कि देख रहे हैं आप जैसे कि आप ये देख रहे हैं हमारा ये ज्योग्राफी का बुक है और ये इसका पहला एक्सरसाइज है सौरमंडल में पृथ्वी ये जो सौर मंडल में पृथ्वी है इसको हम पढ़ाएंगे ये हमारा पहला टॉपिक होगा हम देख लेते हैं हम साथ साथ लेके चलेंगे सारे, सारे सब्जेक्ट को ज्योग्राफी सामाजिक और जीवन और हिस्ट्री पहले हम जोग्रफी से शुरू करते हैं हमारा पहला है सौरमंडल में पृथ्वी हम अब देखेंगे कि अब तक जब से ये सी टेट यू जो भी एम पी टेट जो भी ये टेट का एग्ज़ाम शुरू हुआ है अब तक जोग्राफी में सौरमंडल से किस प्रकार का और कितना क्वेश्चन पूछा है तो देखेंगे गाइज अब तक में जो है हमारा ये मैंने लिख दिया है कि सौर मंडल से अब तक पूछा गया प्रश्न सीधे सीधे हम टॉपिक पे आके ये सब ख़त्म करके फिर हम अपने आ, उस एक्सरसाइज पर आ जाएँगे जो कि हमें पढ़ना है लेकिन उसके पहले हमें यह समझना बिल्कुल ज़रूरी है मैंने पहले के जितने सारे कम से कम साठ सत्तर वीडियो मैंने इस सीटेट 2019 हज़ार सात जुलाई को लेकर के मैंने अपलोड किया था जितना संभव हो सका था मैंने उतना मेहनत किया था और सबसे खुशी की बात और हैरत की बात यह है कि लगभग सारे क्वेश्चन मैं जिस प्रकार बोल रही हूँ बयालीस क्वेश्चन तो लगभग उसमें चालीस से बयालीस क्वेश्चन आ गए थे जोग्राफी में जितना आया है वो टोटल मैंने पढ़ा दिया था सिर्फ पृथ्वी की गतियाँ से एक क्वेश्चन आया था और इस एक्सरसाइज को मैंने नहीं पढ़ाया था तो चौदह क्वेश्चन में तेरह आ रहा है तो ये कम नहीं है और बाकी अभी मैं हिस्ट्री और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का मिलान करके फिर बताऊंगी उसमें कितना कितना आया तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन आप देखेंगे सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग क्या कहलाता है ये यूपी टेट नवम्बर में पूछा गया था और दूसरा है पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलिया पिंड कौन है ये दोनों यूपीटेट टेट 2011 में पूछा गया था तीसरा है ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसिया ग्रह कहलाता है ये सीटेट 29 जनवरी 2012 में पूछा गया था यानी सीटेट का पहला क्वेश्चन जोग्रफ़ी के क्लास सिक्स के बुक से पहला एक्सरसाइज थे और चौथा है पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है ये भी सी टेड जनवरी 2012 को पूछा गया था यानी एक क्वेश्चन एक एक्सरसाइज से कम से कम दो या तीन क्वेश्चन पूछा जाता है इस बार तो एक एक्सरसाइज से तीन तीन क्वेश्चन करके पूछा गया है बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ हाँ क्वेश्चन नंबर जो पाँच है हमारा ये देखिए पिंड जिनमें अपनी उष्मा व प्रकाश नहीं होता लेकिन वो तारे की रोशनी से चमकते हैं उसे क्या कहते हैं ये सीटेड उनतीस जनवरी दो में पूछा गया था यानी कि इस एक्सरसाइज से सी में 2012 में तीन क्वेश्चन पूछा गया है अब छह देखिएगा पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक भाग दिखाई दे पड़ता है क्यों ये भी सी में पूछा गया था लेकिन ये 28 जुलाई 2013 को पूछा गया था अगला क्वेश्चन है ग्रहों के किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं ये सी में 20 सितंबर 2015 हजार को पूछा गया था ये देखिएगा पृथ्वी को भूआप के रूप में क्यों परिणित किया जाता है ये भी सी टेड बीस सेप्टेम्बर में पूछा गया था इस क्वेश्चन को ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं आठ नंबर पृथ्वी को भूआप के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है तो ये कई बार पूछा गया है यानी कि इस क्वेश्चन का रिपीटेशन हुआ है दो तीन बार पूछा गया है तो इसमें कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बार बार पूछा जाता है तो अभी तक हमने देखा कि अब तक जो भी सी टेड लिया ये कम से कम सौर से ग्यारह बारह क्वेश्चन अब तक में पूछा गया है तो अभी ग्यारह बारह साल एग्ज़ाम को शुरू होने से नहीं हुआ है अब तक में पूछा गया कई क्वेश्चन का रिपीटेशन भी हुआ है तो इसीलिए अब हमारा जो पहला होगा एक्सरसाइज वो होगा सौर मंडल में पृथ्वी इसके बाद हम जो जो एक्सरसाइज पढ़ेंगे हैं तो उसके पहले हम ये देख लेंगे उस एक्सरसाइज से किस प्रकार का क्वेश्चन और कितना क्वेश्चन पूछा गया है तो सौर मंडल में पृथ्वी पर हमने ये पूरा देख लिया अब हमें सीधा उस एक्सरसाइज को पढ़ना है उससे कैसे क्वेश्चन आंसर निकालना है ये तो मैंने बता ही दिया है तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में सौर मंडल में पृथ्वी को लेकर के अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए मेरे अपलोड वीडियो का नो, नोटिफिकेशन आपको मिले तो ये वीडियो बिल्कुल हेल्पफुल है आपके लिए और ज़्यादा डिले ना करें मेरे साथ बिल्कुल बने रहें जैसे जैसे मैं बताते जा रही हूँ वैसे वैसे आप उसको फॉलो करते चलें तो आपको लेंदी भी कम लगेगा और जब मैं एक्सरसाइज आपको करने दूँगी तो आपका चूँकि मेरे साथ मेरे साथ पहले से आपका ये टॉपिक तैयार रहेगा तो बिल्कुल आप मेरे साथ ज़्यादा देर ना करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर के तो आप हमारे साथ मेहनत करें इसको अपने डायरी में नोट डाउन करते जाएं देखते जाएं उसको रिवाइज करते जाएँ एक बार मेरे वीडियो को देखने के बाद सेल्फ रिवाइज़ जरूर करें कि आपको कहाँ समझ में आया कहाँ समझ में नहीं आया तब हमारा वीडियो आपको ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद